तू मेरा है है तू ही मेरा मेरा दिल भी है मेरी जॉ भी है मेरी धरती मेरी माँ भी है माँ तेरे हर उस सिपाही को मेरा सलाम है जिसने तेरी अखंडता के लिए किया खुद को कुर्बान है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान हैं। इनमें से किसका खून कहाँ बहे किसको क्या ज्ञान है मां हम करते तेरा सम्मान है सीने से लहू बहे तो मुंह पे तेरा नाम हो तेरे लिए तो जिये है और तुझ पे ही कुर्बान हो तेरी अखंडता के दिए से निकलती एक ज्वाला है आज यहाँ साथ में कुरान और हनुमान बोला जाता है तुझ पे कुर्बान होने को बच्चा बच्चा तैयार हो जाता है ये तेरी ही अखंडता है जो हमें एक साथ लाता है अखंड से अखंड वो अखंड तेरा नाम है मां भारती की धरती को आज मेरा सलाम है मां भारती की धरती को आज मेरा सलाम है महाभारत के काल से ये महासच है विजय की दीवारों पर अल्लाह का नाम भी दर्ज है विश्व विजय की कथा में ये बड़ा पंत है बिना एकता के यहाँ होना महाअंत है सारे धर्मों के लोग आज तुझ पे ही कुर्बान हैं, मां भारती की धरती को आज मेरा सलाम है मां भारती की धरती को आज मेरा सलाम है संसद में हुआ बवाल तो धर्म के बंधन तोड़ दो डट के खड़े रहो तुम उनका साथ छोड़ दो। छठ से लेकर ईद है, एकता तो हमारे इतिहास में दर्ज है इस महापर्व पर जो धर्म के नाम पे बांटेगा, उसी का धर्म उससे छीन के ले जाएंगे धर्म मात्र शब्द हैं और हम तो इंसान हैं।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 एकता की दुनिया में भारत का बड़ा नाम है दुश्मनों को डरा दे हम करते ऐसा काम है सत्तर साल के बाद यहाँ हो रहा काम है आज सारी दुनिया में यह देश असमान है लोगों के हृदय में यहाँ एकता का वास है आज सारी दुनिया में यह देश सबसे खास है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 अरे भाइयों रुको रुको रुको रुको जो भी हो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो नहीं लगे डिसलाइक करो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो क्या कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं करते सौ से ऊपर व्यूज है 24 फॉलोअर्स है जल्दी करो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ मैं नहीं चाहता मैं फेमस हूँ मैं चाहता हूँ मेरी पोएम फेमस हूँ जल्दी से जल्दी शेयर करो अगर आपको ये पोएम दिल से छूके गई है तो जय हिंद वंदे मातम आस्था